लास्ट uh, टाइम हमने बात की थी अपने सिलेबस के सेक्शन बी पर तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ कि सेक्शन बी में हम क्या पढ़ने वाले हैं सेक्शन बी में हमारे पास एक टॉपिक है इक्विटी फाइनेंसिंग का सेक्शन बी में एक टॉपिक है हमारे पास डेट फाइनेंसिंग का, का मैसेज आया है जिसको कुछ आवाज़ नहीं आ रही मैं ये कह रहा था से सेक्शन बी में हमारे पास एक एरिया है इक्विटी फाइनेंसिंग का दूसरा एरिया हमारे पास है डेट फाइनेंसिंग का तीसरा एरिया कल हमने डिस्कस किया था लीजिंग का एरिया है उसके बाद एक एरिया है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का और नेक्स्ट एरिया है हमारे पास ट्रेजरी uh, मैनेजमेंट का जिसके अंदर आप रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करेंगे करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे ये आपका सेक्शन बी है और इट इज वर्थ 45 परसेंट ऑफ योर सिलेबस यानी कि आप अंदाजा लगा लें आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने हैं उसमें जो भी वेटेज एग्जामिनर को रखनी है तो एक रफली एक अप्रोक्सीमेट एग्जामिनर 45 परसेंट ऑफ द सिलेबस के हिसाब से यहाँ से पूछेगा तो वो इक्विटी फाइनेंशियल से भी पूछ सकता है डेट से भी पूछ सकता है लीजिंग से भी पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी पूछ सकता है और रिस्क मैनेजमेंट से भी पूछ सकता है हम स्टार्ट ले रहे हैं जो हमारा पहला टॉपिक इसकी नहीं नहीं आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ये नोट सारे आपको एट द एंड मिल जाएंगे तो इसलिए आपको कोई नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ सुनते जाएं मैं आपको क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ सो लेट्स बिगिन विध आर फर्स्ट डिस्कशन डेट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा जी जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और ये बात करते हैं कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है आपको पता होगा पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं तो अगर एक कंपनी ने अपने आपको लिस्ट करवाया है तो ऑब्वियसली उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे होंगे और उसके शेयर होल्डिंग क्रिएट हो चुकी होगी उसके शेयर्स शेयर होल्डर्स होंगे और डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्किट के अंदर बायर्स शेयर्स ख़रीद रहे होंगे और सेलर जो हैं वो शेयर्स बेच रहे होंगे और एक शेयर प्राइस एग्जिस्ट कर रही होगी डे एंड के ऊपर और उस पर ट्रेडिंग हो रही होगी और प्राइस कभी ऊपर चली जाती होगी प्राइस कभी नीचे चली जाती होगी आपको स्टॉक मार्केट के मेकेानज़म का आइडिया होगा कि हाँ इस्टॉक मार्केट वर्क ठीक है जी तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अब उस पब्लिक कम्पनी को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास एक ऑप्शन ये मौजूद है कि वो फर्दर न्यू शेयर्स ईशू कर दें इसको हम कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि वो मार्केट से डेट फाइनेंसिंग रेस कर लें या लोन ले लें या डेट ले लें या डेट फाइनेंसिंग ले लें बॉन्ड्स ऐशू कर दें डिबेंचर ईशू कर दें कुछ सर्टिफिकेट्स ईशू कर दें तो ये हमारे पास प्राइमरी दो रिसोर्सेज़ हैं फाइनेंस रेस करने की यही दो सोर्स नहीं होते है लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जब भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो दे आइदर ऑप्ट फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग और दे ऑप्ट फॉर डेट फाइनेंसिंग अच्छा इसके बीच में कहीं एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स सो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में जाएंगे या डेट में जाएंगे ना या अकाउंटिंग का एजेंडा होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो जब हम मैं इक्विटी की बात करूंगा तो आई मीन टू से शेयर्स शेयर्स रादर देन प्रेफरेंस तो या तो कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पैसा लेगी मार्केट से या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी या डेट फाइनेंसिंग इंग्रेज करेगी ये तीनों आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद है डेट के अंदर भी कई वराइटी है जो हम इक्विटी फाइनेंस के चैप्टर में और डेट फाइनेंस के चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो कल हमने ये बात की थी कि अगर आप शेयर होल्डर से लेते तो पैसा लेते हैं तो उससे आपको रिटर्न देना पड़ेगा अगर आप इससे पैसा लेते हैं तो इससे आपको रिटर्न देना पड़ेगा अगर आप इससे पैसा लेते हैं तो इससे भी आपको रिटर्न देना पड़ेगा ये सब फीस अभी आपको पैसा नहीं दे रहे ये आपसे रिटर्न डिमांड करेंगे जो रिटर्न आप इन्हें देंगे मसलन आपने कहा जी हम आपको पंद्रह रिटर्न देंगे आपको बारह रिटर्न देंगे आपको दस रिटर्न देंगे ये रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है ठीक है हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि आपको हर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग के लिए रिटर्न कैलकुलेट करना है इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है वो कंपनी के लिए बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न कंपनी के लिए बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो आपने रेस किया जो फंड आपने रेस किए हैं उस फंड के अगेंस्ट जो कुछ आप इन रिटर्न पे करने जा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है अब फॉर एग्जांपल एक माइंड में जहन में चीज़ आती है कि कंपनी ना 100 परसेंट इक्विटी पे काम करती है ना 100 परसेंट डेट पे काम करती है कंपनी मिक्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करती है और वो जो मिक्स होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि हमने हमारे पास कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी है 15 हमारे पास कॉस्ट ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर्स हैं 12 और हमारे पास कॉस्ट ऑफ़ डेट आ रही है 8 तो अब मैं ये देखूँगा कि हमने जो फाइनेंसिंग रेस करनी है वो किस मिक्स के ऊपर रेस करनी है तो मैंने एक मिक्स बनाया अपनी तरफ से और उस मिक्स में मैंने इक्विटी रखी सेवेंटी इक्विटी तो ऑर्डिनरी शेयर्स को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का बेटेज रखा टेन और डेट का वेटेज मैंने रखा बीस परसेंट यानी कि जो भी फंड में रेस करने जाऊंगा उसमें सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द फाइनेंसिंग ऑर्डिनरी शेयर्स की फॉर्म में होगी टेन परसेंट ऑफ द फाइनेंसिंग प्रेफरेंस की फॉर्म में होगी रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट फाइनेंसिंग में डेट से रेस करूंगा तो वॉट इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा तो अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा वो एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा और उस एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको एग्जाम में गिवन नहीं मिलेगी ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसका मिक्स दिया जाएगा या मिक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की पोजिशन में आ जाएंगे तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा इक्विटी की कॉस्ट है पंद्रह परसेंट उसको आपने उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपने प्रेफरेंस की कॉस्ट है टेन परसेंट उसके रिलेटिव वेट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डेट की कॉस्ट है एट परसेंट उसके रिलेटिव वेट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी 15% को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से सॉरी 70% से तो 10.5% आएगा करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग 10.5% आएगा ये आई गैस 1% आएगा और ये आई गैस 1.6% आएगा तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो आपके पास जो कैलकुलेटेड फिगर आएगी वो होगी 10.5 पॉइंट फाइव प्लस वन That is is 13 13.1% and this is the average cost of capital. ज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानीजस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बनती है तेरह अशरिया एक परसेंट इस तरह की फाइनेंसिंग जो आपने चूज की है नाउ इट्स decide करेंगे कि financing mix में आपको equity ज्यादा रखनी है debt कम रखना है debt बढ़ाना है equity कम रखनी है preference रखना है नहीं रखना यह आपकी अपनी मर्जी है आप क्या प्रेफरेंस रखना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है ठीक है लेकिन ये बात जहन में रहे कि एक रूल है और वो यू रूल ये है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा हायर इज़ द रिस्क उतना ज्यादा इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न होगा हायर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न ये फ़िक्स्ड आप एक रूल याद रखें कि दुनिया में प्रिंसिपल चलता है कि जब भी इन्वेस्टर आपको पैसा देगा तो वो इवैल्यूएट करेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है अगर वो रिस्की और इन्वेस्टमेंट परचेस करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से ये होती है कि कंपनी उसे हाई रेट ऑफ़ रिटर्न डिमांड करेगी तो सबसे ज़्यादा जो हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की होती है उसमें हाई रिस्क होता है और डेट में कंपेरेटिवली लो रिस्क होता है प्रेफरेंस इन दोनों के बीच में कहीं लाए कर रहा होता है मॉडरेट टू लो रिस्क के दरमियान इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट और ये कभी वायलेट नहीं हो सकता यह रूल अनलेस कि इन्वेस्टर बेवकूफ़ हो जो हम ये नहीं समझते इन्वेस्टर बेवकूफ़ है इन्वेस्टर इज़ रैशनल इन्वेस्टर अकलमंद है समझदार है तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ज्यादा क्यों आएगी क्योंकि शेयर होल्डर कभी भी कम रिटर्न पर एग्री नहीं करेगा याद रहे ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर सकता है एक्सपेक्टेड के मुकाबले में क्योंकि जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ना उस वक्त तो कंपनी उसको आसरा दे रही है कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे लेकिन अगर उसे लगता है कि कंपनी डेट में उसे आठ मिल रहा है सही है और प्रेफरेंस पे 12 परसेंट एनअल रिटर्न मिलता है तो वो कभी भी 12 परसेंट पर एग्री नहीं करेगा वो हमेशा 12 परसेंट से 8 परसेंट से ज़्यादा पे एग्री करेगा अदरवाइज़ वो स्टॉक्स के अंदर शेयर्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाएगा अच्छा हमारा जो डेस्टिनेशन है ना हमारा डेस्टिनेशन है डब्ल्यू कैलकुलेट करना हमारा डेस्टिनेशन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कैलकुलेट करना लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए आपको इंडिविजुअली हर कंपोनेंट की सेपरेट कॉस्ट चाहिए उसके बाद आपको एक सेपरेट मिक्स चाहिए और उस मिक्स के अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करेंगे कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो सकती है ठीक है जी तो so ये एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल का एक मैंने आपको आइडिया दिया अब इस पॉइंट के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। फिर मैं आगे डिस्कशन कंटिन्यू any हमें लेट ज्वाइन किया है हम सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा पहला टॉपिक है और आज भी हमारा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है सेशन है और बाकायदा कहानी हमारी अपने रेगुलर सेशन से स्टार्ट होगी तो एनी क्वेश्चन यस और नो नहीं है तो फिर हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लेट्स डिस्कस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी को स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं कि सब 15 परसेंट रिटर्न दे रही होंगी तो इसका आंसर है नो no. ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ज़्यादा रिटर्न दे रही होती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो कम रिटर्न दे रही होती हैं रेलेटिव टू स्टॉक मार्केट लेकिन एक बंदा अगर स्टॉक मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करता है तो अल्टीमेटली वो बंदा ये चाहेगा कि कम से कम मुझे स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उसके आगे पीछे कहीं रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क है अल्टीमेटली इन्वेस्टर की रिटर्न की रिक्वायरमेंट भी एकॉर्डिंगली होगी अगर आप उसे बैंक डिपॉजिट के बराबर रिटर्न देंगे तो क्या वो सेटिस्फाई होगा वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा कहेगा बैंक में मैं बहुत मिनिमम रिस्क लेकर भी 10 परसेंट कमा रहा हूं तो अगर कंपनी भी मुझे 10 परसेंट देगी तो मैं 10 परसेंट पर तो कभी एग्री नहीं होऊंगा ना फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम देट के टी बिल्स का रिटर्न आता है 5 परसेंट बैंक आपको देती है 10 परसेंट स्टॉक आपको दे रहा है पंद्रह तो अगर इस्टॉक भी आपको दस देना शुरू कर दे या इस्ट भी आपको पाँच देना शुरू कर दे तो क्या आप इस्टॉक में पैसा लगाएंगे आप कहेंगे भाई इतना रिस्क लेके मुझे पाँच परसेंट ही मिलना था दस परसेंट ही मिलना था तो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा क्यों नहीं लगाया मैंने बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं किया मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के भी तो चांसेस होते हैं अगर ये कंपनी डूब गई तो मुझे पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हाथ में आने वाला तो इफ़ यू आर टेकिंग मोर रिस्क आपकी रिटर्न की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी या शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम शेयर होल्डर से कोई कमिटमेंट ही नहीं कर रहे ना उसे डिविडेंड देने की कोई कमिटमेंट हमने की हुई है ना उसकी शेयर प्राइस में इंक्रीज लाने की कोई कमिटमेंट हमने की है तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा कमिटेड रेट ऑफ़ रिटर्न कितना है तो हम कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी या शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंट्स वेरी डिफ़िकल्ट तो इसके लिए हमारे पास सिलेबस में मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे और सिलेबस में हमारे पास दो मॉडल्स हैं और जर्नली यही दो मॉडल्स जो हैं वो एकेडमिक्स में या बुकिश नॉलेज अगर बात करें ये इस्तेमाल होते हैं वन इज़ कॉल्ड डिविडेंट वैल्यूएशन मॉडल जिसको आप डिविडेंट ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हैं और दूसरा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैप एम सी ए पी एम या कैप ये दो मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं और वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकालेंगे ना वो एस्टिमेटेड होगा वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा याद रखें कभी भी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकलेगा क्या होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा ठीक क्योंकि आप इक्विटी का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अभी इनिशियली निकाल सकते वो तो जब साल गुजरेगा जब वो एक्चुअली उसको रिटर्न मिला होगा तो वो कंपेयर करेगा कि जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो पंद्रह परसेंट था और बाद में हमने जो एक्चुअल रिटर्न दिया वो इस साल वो बना पच्चीस परसेंट वो दस परसेंट भी हो सकता है वो पच्चीस परसेंट भी हो सकता है वो तीस परसेंट भी हो सकता है इट डिपेंड्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऑन द परफॉमेंस ऑफ स्टॉक मार्केट जैसे आज कोविड नाइन्टीन चल रहा है कोविड नाइन्टीन में पूरी दुनिया की इकॉनॉमीज़ जो है ना वो बैठ गई हैं डिप्रेस्ड हो गई हैं इकॉनमीज़ मार्केट्स बैठी हुई हैं लेकिन आप ये सोचें आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लास ले रहे हैं जूम ने इस कोविड 19 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जूम का स्टॉक इज राइजिंग डे बाई डे अभी भी जूम की लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है तो टाइम में भूल गया लेकिन अभी जूम ने 60,000 न्यू यूजर्स ऐड किए हैं अपने पास तो कोविड नाइन्टीन जहाँ दूसरे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वहाँ कोविड नाइन्टीन ने जूम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है और ज़ूम उस बेसिस के ऊपर जिसने जूम के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं वो डे बाई डे जितना कोविड नाइन्टीन लंबा होता जाएगा उतना ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहा है सवाल ये पैदा होता है कि ज़ूम के अलावा भी तो प्लेटफॉर्म है क्या वो प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं तो वन ऑफ द वन ऑफ़ द थिंग बिहड जूम इज़ कि जूम एक तो फ्री वर्जन देता है ठीक है दूसरा ये है कि जूम ईज़ी टू यूज़ है दूसरे मॉडल्स में पढ़ाने वालों को भी प्रॉब्लम होती है मीटिंग्स करने वालों को भी मसाइल होते हैं जूम बहुत इजीली समझ में आ जाता है जूम का फ्री वर्जन है अगर आपको वन टू वन मीटिंग करनी है दो बंदों की मीटिंग करनी है तो फोर्टी मिनट्स की मीटिंग फ्री होती है तो जूम इस वजह से सक्सेसफुल रहा जूम कॉस्ट अफेक्टिव भी है तो जूम ने मैदान मार लिया जूम को कोई जानता भी नहीं था कि जूम एक ऐसा मॉडल है लेकिन कोविड नाइन्टीन में जूम ने बहुत मज़े किए बहुत माल बनाए ठीक है जी आगे बढ़ अच्छा ये टॉपिक भी कनेक्टेड क्योंकि आपके सलेबस में एक जगह ये डिस्कशन होगी कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज़ क्यों होती है किसी कंपनी की शेयर प्राइस डिक्रीज़ क्यों होती है तो आप कहेंगे देर आर सो मैनी फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक्स को इंक्रीज करते हैं स्टॉक्स को डिक्रीज़ करते हैं तो शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम मॉडल को रेफ़र करते हैं कि मॉडल क्या बताते हैं मॉडल कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पहला एक मॉडल है डिविडेंड वैल्यूशन मॉडल और दूसरा हमारा मॉडल है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सो मैं यूजअली डिविडेंड वैल्यूशन मॉडल से स्टार्ट करता हूँ लेकिन आज मैं ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है क्या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है तो रिस्क को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा एक होता है बिजनेस रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंस रिस्क इस मॉडल के पीछे रिस्क की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल एसेड प्राइसिंग मॉडल जिसने भी डेवलप किया उसने रिस्क को बेस बनाकर रिटर्न कैलकुलेट करने का मॉडल डिवेलप किया ठीक है इट्स अ वेरी वेरी अफेक्टिव प्रैक्टिकल मॉडल और इस बंदे को जिसका नाम था विलियम शार्प जिसने ये मॉडल जो ना इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम शार्प विलियम शार्प को इस मॉडल डेवलप करने पर नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे ने इसके पीछे कितना जान मारी होगी लेकिन हमारे लिए बड़ा आसान है इसकी इक्वेशन है सिंप्लीफाइड जो उसने बना के हमें दे दी कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन से कर सकते हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिलेगा लेके जा रहा हूँ थोड़ी सी इसकी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के पीछे कहानी की तो जब हम ये बात करते हैं कि रिस्क होता है तो रिस्क दो तरह का होता है एक बिजनेस रिस्क होता है और एक फाइनेंस रिस्क होता है अच्छा बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है बिज़नेस रिस्क अराइज होने का एक सोर्स होता है सेल्स रिलेटेड रिस्क जिसको हम रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्क भी कह सकते हैं और दूसरा सोर्स होता है कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की कॉस्ट का इंक्रीज़ होना कंपनी की कॉस्ट का डिक्रीज होना कंपनी के रेवेन्यू का इंक्रीज़ होना और कंपनी के रेवेन्यू का डिक्रीज़ होना कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट जिस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है उसका ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाता है जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट कम होती है जिस इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट कम होती है उसका ऑपरेशनल रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है इसी तरीके से सेल्स रिस्क जो होता है वो आपके रेवेन्यू की वॉलेटिलिटी को शो करता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपकी जो कंपनी है तो आपकी सेल्स के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है वॉलेटिलिटी इन जर्नली मीन्स रिस्क जितनी आपकी सेल्स वॉलेटाइल होगी ना कभी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं कभी कम सेल्स हो रही हैं कभी सीजनल नेचर की सेल्स हैं उतना आपका बिजनेस रिस्क हाई होगा तो बिजनेस रिस्क अल्टीमेटली रेफर करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल है क्या आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो फ्लक्चुएट होता है अब हम व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना इससे क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कंपनी का तो आप कहते हैं सेल्स रेवेन्यू सिंपली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आया इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए अगर कोई अदर इनकम थी तो वो ऐड कर दी और ये आपके पास आ जाता है पी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिर आप इसमें से अपना इंटरेस्ट निकालते हैं इंटरेस्ट जो आपको देना होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास अल्टीमेटली हाथ में क्या आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर आप इसमें से अपने टैक्स निकाल देते हैं जो भी आपका प्रॉफिट पे टैक्स बनता है टैक्स निकालने के बाद आपके पास आंसर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ये अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स यानी कि प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंट देना है या ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंट देना है वो इस प्रॉफिट पे बेस कर रहा होता है अब आप देखें ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कंपोनेंट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपोनेंट है ये आपके ऑपरेशनल रिस्क या बिज़नेस रिस्क को रेफर करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी पहली चीज़ आ गई आपकी सेल्स की वॉलेटिलिटी अगर आपकी सेल्स गिरेंगी आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटलिटी होगी तो आपके प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपका प्रॉफिट भी गिर जाएगा और दूसरी चीज़ आ गई आपकी कॉस्ट जो कि यहाँ भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है इन दोनों के अंदर आपकी कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है तो आपकी रेवेन्यू का डिक्लाइन होना यह आपके लिए रिस्क है रेवेन्यू का डिक्लाइन होना और आपकी कॉस्ट का इंक्रीज होना देट रेफर्स टू कि आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है ना यू कैन नेम कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट बहुत कम होती है तो बिज़नेस रिस्क वैरी करता है ना बिज़नेस सिर्फ हर बिजनेस का हर इंडस्ट्री का सेम नहीं होता अगर आप फार्मासूटिकल को कंपेयर करेंगे बैंकस uh, के साथ दोनों कंपेरेबल नहीं अगर आप बैंक को ऑयल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी कंपेरेबल नहीं अगर आप एजुकेशन सेक्टर को कंपेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स के साथ रिटेल सेक्टर्स के साथ तो वो भी कम्पेरेबल नहीं तो ये बिज़नेस रिस्क जो है विच इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्क ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर और उस इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है एनी क्वेश्चन ऑन बिजनेस रिस्क टू स्पेसिफिक अगर किसी को कोई चीज डिस्कस करनी है कोई सवाल माइंड में आता है बिजनेस रिस्क के ऊपर अदरवाइज हम चलते हैं अपने दूसरे रिस्क की तरफ दैट इज कॉल्ड फाइनेंस रिस्क अभी हम इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे बिजनेस रिस्को कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता लगता है कि वो रिस्की बिज़नेस है या कम रिस्की बिजनेस है लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव्स से कि इन्वेस्टर जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो उसका रिस्क प्रोफाइल देखेगा वो देखेगा कि मैं जहाँ पैसा लगाने जा रहा हूँ वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पोजिशन कैसी है और ये देखने के बाद अल्टीमेटली वो ये देखेगा मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ वो ये देखेगा कि अगर एक बिजनेस की इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या वो इंटरेस्ट देने के पोटेंशियल है उसके अंदर क्योंकि इंटरेस्ट दिया जाएगा पीवीआईटी में से तो अगर पीवीआईटी आपका गिरेगा पीवीआईटी का गिरना देट मींस हाई ऑपरेशनल रिस्क अगर पीवीआईटी गिरता है सो दैट मींस रिस्क इज़ हाई और अगर पीवीआईटी वी बढ़ता है दैट मीन्स रिस्क इज़ लो तो वो बेसिकली ये देखना चाह रहा है एक कंपनी की एबिलिटी टू पे कितनी है और अगर कंपनी की एबिलिटी टू पे बहुत अच्छी है तो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी अफोर्ड कर सकती है और अगर एक कंपनी की एबिलिटी टू पे गिर रही है तो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती मैं इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि फाइनेंस रिस्क अरइज होता है आपकी डेट के साथ जब आप डेट फाइनेंसिंग लेते हैं तो डेट के ऊपर आपको कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ता है Interest is compulsory. हम पहले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि interest is compulsory, while dividend is not compulsory. Lender आपसे डिमांड करेगा कि मुझे हर साल इंटरेस्ट दिया जाए फेलियर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टूवर्ड्स दी बैंक करपसी ऑफ दी कंपनी तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा debt finance होगा आपका finance risk क्या होगा Finance risk high कब होता है फ़ाइनेंस रिस्क हाई कब होता है जब कंपनी का डेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है तो अगर एक कंपनी डेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा करना चाहती है तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उसका ऑब्जेक्सी बात है जब डेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी ज़्यादा होगी लेकिन कंपनी को अपनी औक़ात ज़रा देख लेनी चाहिए औकात कहाँ से आ रही है औक़ात आ रही है पी से अगर पी उसका वीक है अगर पी उसका गारंटी नहीं है अगर पी उसका डे बाई डे गिर रहा है ये सिचुएशन आ रही है तो ऐसी कंपनी को एडवाइस दी जाएगी कि भाई आप अपने ऊपर जुल्म ना करें और अपना डेड बर्डन कम करें ताकि आपको गारंटी पेमेंट ना देनी पड़े कहीं ऐसा ना हो कि आप इस ट्रैप के अंदर आ जाएं कि आपका पी वी जो है वो गिर रहा हो और आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट हो वो बढ़ रही हों तो दिस इज़ आर डिज़ास्टर ये अल्टीमेटली आपको ले जाएगा कहाँ पर बैंक करपसी तरफ और आपकी कंपनी आप डुबो देंगे डायरेक्टर्स से तो हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे नुकसान किसका होगा नुकसान तो फाइनेंस प्रोवाइडर्स का होगा ना लेंडर को भी नुकसान हो सकता है और शेयर होल्डर को भी नुकसान हो सकता है ये चेक करने के लिए सर्टेन रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे एक इसमें रेशो कैलकुलेट की जाती है गेयरिंग रेशो और दूसरी रेशो कैलकुलेट की जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो जिससे हम ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल कंपनी के अंदर जो है वो फाइनेंशियल रिस्क कैसा है ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी हम गियरिंग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेशनल गियरिंग फाइनेंशियल रिस्क के लिए फाइनेंशियल गियरिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो और फिर लेंडर या शेयर होल्डर यह डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली हमें इस कंपनी को पैसा देना है तो इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है तो जब रिस्क बहुत ज्यादा होगा तो उनकी डिमांड फॉर रेट ऑफ रिटर्न भी हाई हो जाएगी सो ये दो चीजें अब इसमें जरा फोकस करें अगर इंटरेस्ट बढ़ाए तो अवेलेबल प्रॉफिट टू पे पर क्या फ़र्क पड़ेगा अवेलेबल प्रॉफिट टू पे गिर जाएगा जब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरेगा तो शेयर होल्डर के लिए तो ये बुरी ख़बर है ना कि कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिर गया अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरेगा तो उसका मतलब क्या हो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरने का मतलब होता है कि लेस चांसेस ऑफ डेविड लेस डिविडेंड विल बी अवेलेबल तो जब इन्वेस्टर को शेयर होल्डर को ये पता होगा कि यार हमारा पी गिर, गिर गया उसके बाद हमारा पी ए टी गिर गया तो वो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा रिस्क ही कंसिडर करेंगे और रिस्क बढ़ेगा तो वो रेट ऑफ़ रिटर्न भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिमांड करेंगे वो ऐसी कंपनी में पैसा ही नहीं लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो और उसका रेट ऑफ रिटर्न उस रिस्क को जस्टिफाई ना करो ये तो कहानी हो गई किसकी टोटल रिस्क ही यह रिस्क का एक कॉम्पोनेंट होता है ऑपरेशनल रिस्क या बिज़नेस रिस्क और दूसरा कॉम्पोनेंट होता है फाइनेंस रिस्क क्यूमोलेटिवली अगर कहा जाए तो मैं आपको तीन सिचुएशन बना के देता हूं एक बिजनेस है जो एक हाई बिजनेस रिस्क में ऑपरेट कर रहा है तो आइडियली उसका जो फाइनेंस रिस्क होना चाहिए वो लो होना चाहिए वरना कंपनी के लिए बहुत बुरा हो सकता है और अगर एक बिजनेस है जिसका बिजनेस रिस्क लो है लो बिजनेस रिस्क तो वो हाई फाइनेंस रिस्क अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा डेट रखना चाहे तो रख सकता है लेकिन ये दो सिचुएशन फिजबल है लेकिन अगर कोई ये तीसरी सिचुएशन बनाना चाहे कि हाई बिजनेस रिस् जोन में हैं आप और वहाँ पर डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी की डेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के मूड में तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो वेंटिलेटर पे चली जाएगी कंपनी दिस इज़ अ डिजास्टर कैन नॉट बी एडवाइज ये आप एडवाइज़ नहीं कर सकते इससे कंपनी पल्नरेबल हो जाती है और कंपनी डूबने के बहुत ज्यादा चांस बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अब टूवर्ड्स एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उस पे आ जाते हैं दोबारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक रिस्क बेस्ड मॉडल है यह आपको यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कितना है और उस रिस्क के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न देना चाहिए जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो इसका एक मॉडल की इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा ये इसकी मेन इक्वेशन इसकी डेरिवेशन ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है कि ड्राइव कैसे हुआ तो ke stands for cost of equity rf is risk free rate of return chale two be continued to pehle main zara variables likh du kee refers to cost of equity rf refers to risk free rate of return आर एम रेफर्स टू एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और अगर आपको डायरेक्टली मैं आर एम माइनस आर एफ का आंसर दे दूँ तो ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम ओवर एंड अबव जो आपको मिल रहा है दिस इज प्रीमियम एंड बी इज बीटा फैक्टर ऑफ कंपनी जिस कंपनी का आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं उस कंपनी का बीटा फैक्टर क्या है आप ज़रा इन वेरिएबल्स को समझें लेकिन पहले मैं जस्ट एक कुछ नंबर्स यहाँ पे डालता हूँ और आप जरा उस नंबर की मदद से देखें फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है दो परसेंट आपका एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है दस परसेंट तो आर एम माइनस आर एफ क्या हुआ फार्मूला कहता है आर एम माइनस हो गया आठ और बीटा फैक्टर मैं आपको दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2% परसेंट आ गया 8% को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बनता है 9.6% तो के ई इज़ बिकम इलेवन तो जिस कंपनी का भी ये डेटा मैंने आपको दिया फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम के ये पी एस का पी का डेटा लेट्स एज्यूम स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है और पीएसओ का डाटा है पाकिस्तान का डाटा है तो मैंने इसके अंदर तीन चीजें इस्तेमाल की आई यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 2% ये कहाँ से आया एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका सवाल होगा ये कहाँ से लेकर आ गए आप दस आपको कैसे पता लगा और आई यूज इज कॉल्ड बीटाइंट टू वन पॉइंट टू कहाँ क्या हर कंपनी का बीटा वन होता है क्या पी का बीटा 1.2 है तो क्या शेल का बीटा 1.2 से ज्यादा होगा कम होगा बराबर होगा क्या हो सकता है तो अभी आप इस वेरिएबल पे अगर फोकस करें तो आप देखें एक इन्वेस्टर जो के पी में इन्वेस्ट करने जा रहा है वो सबसे मिनिमम मिनिमम से मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको गारंटीड मिलेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न टी बिल्स के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर उसको ये पैसा मिल रहा है बग़ैर रिस्क लिए तो वो कंपनी से तो दो परसेंट से कम पे तो एग्री नहीं होगा ना एटलीस्ट ज़्यादा ही मांगेगा कितना ज़्यादा मांगेगा वो मांगेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम ये जो पूरा ब्रेकिड है यहाँ पर देट रेफर्स टू रिस्क प्रीमियम प्रीमियम क्या है ओवर एंड अब कम से कम दो तो लेगा लेकिन उस दो से और ओवर एंड अब क्या लेगा आर एम और हमारी एग्जाम्पल में एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट का दिया हुआ है दस परसेंट ये कैसे आता है इसको बाद में बात करेंगे दस परसेंट मार्केट रिटर्न दे रही है, है वो एवरेज तो दस परसेंट से आपने दो परसेंट माइनस किया आपका बनता है प्रीमियम आठ परसेंट तो दो परसेंट में अगर मैं आठ परसेंट ऐड कर दूँ तो ये रिटर्न बनता है दस लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा आ रहा है दस से ज़्यादा आ रहा है क्यों ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अगर एवरेज मार्केट की बात की जाए तो एवरेज मार्केट आपको दस रेट ऑफ रिटर्न दे रही है लेकिन आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका रिस्क एवरेज मार्केट के कंपेटबल है एवरेज मार्केट से ज़्यादा है या एवरेज मार्केट से कम है इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी है उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो एवरेज मार्केट से ज़्यादा भी हो सकता है एवरेज मार्केट के बराबर भी हो सकता है और एवरेज मार्केट से नीचे भी आ सकता है एग्जाम्पल और कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंपनी की बात करता हूँ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट और प्रीमियम वही आठ परसेंट और बीटा मैंने इसका कर दिया पॉइंट एट फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये है एंग्रो अच्छा ये सब तुक्के मार रहा हूं ना मुझे नहीं पता एंग्रो का एग्जैक्टली exactly बीटा कितने तुक्के लगा रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाइड एग्ज़ाम्पल तो टू परसेंट आया कम अज़ को अगर आप पॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है सिक्स तो रिटर्न कितना होगा टोटल 8.4 परसेंट अब आप देखें एंग्रो जो है वो आपको जो रिटर्न दे रहा है वो 10 परसेंट से कम दे रहा क्यों कम दे रहा है क्योंकि एंग्रो का जो बीटा है वो उस पीएसओ के बीटा से कम है तो एंग्रो का रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो गया एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक और कंपनी है फॉर एग्जाम्पल लेट स्टॉक अबाउट के ये है के फॉर एग्जाम्पल 2% परसेंट प्लस टेन परसेंट माइनस टू और इसका बीटा मैं रख देता हूँ 1 मार्केट का जो बीटा होता है वो 1 के बराबर होता है तो मैंने उतना ही बीटा रख दिया जितना मार्केट का बीटा होता है तो लेट्स इसका आंसर कितना आता है तो इसका आंसर आएगा 2% परसेंट प्लस एट और के ई इज इक्वल टू टेन इसका मतलब ये हुआ कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आपको उतना ही रिटर्न दे रही है जितना रिटर्न मार्केट दे रही है एवरेज बेसिस के ऊपर अब ऐसा क्यों है तो आप देखें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो तीनों सिचुएशन सेवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी रेट ऑफ रिटर्न पी एसओ का बीटा वन पॉइंट टू था एंग्रो का बीटा पॉइंट एट मैंने और के इलेक्ट्र का बीटा मैंने वन एज्यूम किया तो बीटा फैक्टर चेंज होता है तो अल्टीमेटली कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है अब ये बीटा किसको को रिफ्लेक्ट करता है बीटा रिफ्लेक्ट रिस्क ऑफ द कंपनी कौन सा रिस्क कंपनी का बिजनेस रिस्क और फाइनेंस रिस्क कौन सा रिस्क कंपनी का टोटल रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है अब ऑब्वियसली बात है देखें किसी कंपनी में बिज़नेस रिस्क ज़्यादा होता है किसी इंडस्ट्री में बिज़नेस रिस्क कम होता है किसी कंपनी में फाइनेंस रिस्क ज़्यादा होता है किसी कंपनी में फाइनेंस रिस्क जो होता है वो कम होता है मसलन एक एग्जांपल लेते हैं पी एस ओ को कंपेयर करते हैं शेल के साथ दोनों एक ही इंडस्ट्री में ना तो दोनों का बिजनेस रिस्क एज्यूम कर लूँ सेम होगा एज्यूम कर लेते हैं एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है एज्यूम कर लेते हैं बिजनेस रिस्क सेम तो इक्विटी और डेट की अगर हम पोजिशन देखें तो पीएसओ ने 80 परसेंट इक्वटी ली हुई है और 20 परसेंट डेट रखा हुआ है इसने 60 परसेंट इक्वटी रखी हुई है और डेट रखा हुआ है 40 परसेंट तो दोनों का फाइनेंस रिस्क में ज्यादा फाइनेंस रिस्क किसका हुआ शेल का हाई फाइनेंस रिस्क होगा तो जब शेल का हाई फाइनेंस रिस्क होगा तो बीटा जो होगा उसका हायर होगा एज़ कम्पेयर टू पी क्योंकि तो बीटा रिस्क रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है जितनी कंपनी रिस्की होती जाएगी उतना बीटा इंक्रीज होता जाएगा तो बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिस्क रिस्क रिस्क इंक्रीज होगा बीटा इंक्रीज होगा अब रिस्क कौन सा या तो ऑपरेशनल रिस्क बढ़ रहा होगा या फाइनेंस रिस्क इंक्रीज हो रहा होगा बीटा की कहानी आगे बहुत लंबी चलने वाली है तो बीटा को हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे कि बीटा जो है ना वो अल्टीमेटली क्या क्या शेप चेंज कर सकता है लेकिन ये बीटा आएगा कहाँ से हमें कैसा पता लगेगा कि पीएसओ का बीटा वन है 1.5 है पॉइंट है पॉइंट है वट एवर इज़ दैट तो हम कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बताऊं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीटा के तीन शेप हो सकते हैं बीटा वन से ज़्यादा हो सकता है बीटा वन के बराबर हो सकता है और बीटा जो है वो वन से कम हो सकता है किसी भी कंपनी के बीटा के ये तीन शेप होंगे चाहिए अगर हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसका बीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता हाँ अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्योंकि रिस्क फ्री एज्यूम की जाती है तो उसका बीटा जीरो एज्यूम किया जा सकता है जिस कंपनी का बीटा वन से ज़्यादा होगा सही है तो वो मार्केट से ज़्यादा रिस्की कंपनी होगी मोर रिस्क एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट एवरेज स्टॉक मार्केट तो वो रिटर्न भी ज़्यादा देगी सही है जिसका बीटा वन होगा उसका मार्केट के मुकाबले में सेम रिस्क होगा इक्वल रिस्क सेम रिस्क जितना मार्केट में रिस्क है एवरेज मार्केट के अंदर उतना उस कंपनी में रिस्क है और जिसका बीटा वन से कम होगा लेस रिस्क एज कम्पेयर टू मार्केट तो जो जो अल्टीमेट काम इस मॉडल ने किया है ना वो जिंदगी आसान की है कि अगर आप किसी भी कंपनी का बीटा कैलकुलेट कर लें तो उस कंपनी के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे आप पहुंच सकते हैं कि शेयर होल्डर उस कंपनी से कितना रिटर्न डिमांड करेगा जैसे जैसे कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर रिस्क बढ़ाएगी कंपनी तो शेयर होल्डर कहेगा मुझे ज़्यादा रिटर्न दो अगर कंपनी रिस्क गिराएगी तो शेयर होल्डर कहेगा मुझे कम रिटर्न दो जस्टिफिकेशन जो है वो है हायर इज़ द रिस्क मोर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न अब यह बीटा आपको कैलकुलेट नहीं करना यह आपको गिविन होता है एग्जाम में लेकिन ये बीटा अल्टीमेटली आता कहां से तो बीटा अल्टीमेटली हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया जाता है हिस्टोरिकल डेटा आप किस क्या लेते हैं कंपनी का रिटर्न उसको आप कंपेयर करते हैं एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न से उसके दरमियान आप को निकालते हैं आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ी होगी या सेपरेट पढ़ा होगा इसके दरमियान हम क्या निकालते हैं इसके दरमियान हम को निकालते हैं और ये जो को निकलती है ये को आपको ये बताती है कि बीटा जो है वो रिलेशनशिप जो है ये आपको ये बताता है कि बीटा जो है वो ये आएगा रिस्की कंपनी ज़्यादा है मसलन अगर लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर मार्केट ऊपर जा रही थी तो क्या कंपनी भी मार्किट को फॉलो कर रही थी अगर मार्केट ऊपर जा रही थी 10% से तो क्या कंपनी भी 10% से ऊपर जा रही थी या कंपनी 15% से ऊपर जा रही थी तो मार्केट अगर गिर रही थी चाहिए तो को जरूरी नहीं है ऑल्टरनेटिवली ये को के के ये भी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन ये डिस्कशन हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है कि को से बीटा निकाल के दो या को से बीटा निकाल के दो ये आपको गिवन मिलेगा मैंने आइडिया दिया आपको कि इस मॉडल के अंदर जो बीटा कैलकुलेट किया जाता है वो हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया जाता है और एज्यूम कर लिया जाता है कि यही रिस्क आगे कैरी फॉरवर्ड होगा विच इज़ वन ऑफ द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल कि बीटा हिस्टोरिकल डेटा से क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन में काउंट किया जाता है तो बीटा की स्टेजेस आपने देख ली बीटा क्या क्या वैल्यू रखता है इस मॉडल के अंदर जो वेरिएबल्स आ गए उन वेरिएबल्स को मैंने बता दिया कि तीन वेरिएबल्स पर मॉडल बेस कर रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और कंपनी का बीटा फैक्टर तो अगर आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ़ रिटर्न ढूंढना है तो रिस्क फ्री रेट ऑफ़ रिटर्न आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कल गमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोले तो टी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स हंड्रेड तो ये भी रिस्क फ्री नहीं होता है. लेकिन हम ये करते हैं कि ये रिस्क फ्री दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आर एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये भी कुछ पुराने थोड़ा सा इंटरनेट की डिस्टर्बेंस हुई वन मिनट लेट मी जस्ट रिक हाँ जी तो बीटा फैक्टर है वो अल्टीमेटली आपके रिस्क प्रोफाइल को बिजनेस इसको रिफ्लेक्ट कर अच्छा जो भी मॉडल बनाया जाता है उस मॉडल के पीछे मॉडल बनाने वाला कुछ अजम्पन लेकर काम कर रहा हूँ तो कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल के पीछे भी कुछ एजम्पन्स हैं वन ऑफ द एजम्पन जो कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल ने ली हुई है बड़ी काम की अजम्पन है वह अजम्पन क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं वन ऑफ द एजम्पन बता रहा हूँ इन्वेस्टर के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना आपको ये बताएगा आप लोगों में से जिसकी नॉलेज में हो कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है तो मैं आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स एनी एनीवन, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो सर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ स्टॉक में की तो उसका, फायदा, उसका फायदा क्या होता है कंपनी कंपनी स्टॉक में में तो तो उससे ये कोई का रिटर्न जो है है है उसमें कम होता होता ज्यादा आप को मैनेज कर लेते हैं ठीक है जीरो तो जरूरी तो नहीं, नहीं है कि और एक शख्स कहता नहीं मैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के के में में तो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इलेक्ट्रिक लगा आप उसे रोकेंगे करने के अगर आपका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसी है। जिसकी, जिसका पैसा है। सही है, है। अच्छा ठीक है, तो है है उसके पीछे क्या कि जिस इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए उस इन्वेस्टर ने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिससे एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए अगर मैं कहूँ आपसे तो दो लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितनी कंपनीज में दो लाख की इन्वेस्टमेंट पचास uh, mm, अच्छा, परसेंट uh, नहीं, नहीं। तो अच्छा, uh, पैसा बैंक में डाल देता हूँ पचास परसेंट ऑयल में डाल देता हूँ सही रहेगा अगेन है बिल्कुल डिवर्सिफाई नहीं है आपका मतलब जो आई थिंक आप ट्वेंटीज अच्छा, में पैसा डालेंगे ना तो आपका एक फ़ुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा फुल्ली डाइवर्सीफाइड ना गारंटी तो 100% वो भी नहीं होगी लेकिन अगर आप 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालेंगे इसमें 25 हर इंडस्ट्री की नहीं होनी चाहिए मुख्तलिफ जैसे ऑयल में आपने दो कंपनियां ले ली बैंक में तीन कंपनियाँ उठा ली ले। लेकिन पच्चीस डिफरेंट सिक्योरिटीज़ अगर आपकी हों और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रही तो हम कहेंगे कि आपने एक डाइवर्सीफाइड पोर्टफोलियो बना के रखा होगा ये ये तो तो बात हो दाएवर्णी दाएवर्णी दाएवर्णी नहीं हो गई नहीं नहीं नहीं नहीं जाएगा होगा होगा आप आप उसको बनाना नहीं ना ना उसमें करती है ना। लेकिन ये कहती है कि 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए तब जाके जो ऑब्जेक्टिव है ना पोर्टफोलियो बनाने का उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है बताता हूँ थोड़ी देर में वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा पर सर अगर जिस कंपनी में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है उस कंपनी ने आगे मल्टीपल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हो तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो डाइवर्सीफाई नहीं हो जाएगा कंपनी देखो एक एक बात तो ये आर्गूमेंट ही होता है कि हमने एक ऐसे ग्रुप में पैसा डाला है जो ऑलरेडी डाइवर्सीफाइड है तो क्या अब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सीफाइड करना चाहिए ये एक अलग सवाल है ठीक है एक अलग डिबेट है मैं अब इस डिफरेंट इंडिविजुअल कंपनीज की बात कर रहा ठीक सही जी ठीक अच्छा जी तो हम अभी इसकी इंप्लीकेशन पर बात कर हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर कोई बना लेता है ना तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है देखें इस मॉडल के अंदर इन्होंने कहा है कि जी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्ट में दो तरह के रिस्क हो एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क कराकर सिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो मार्केट स्पेसिफिक है और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक है इसको हम कहते हैं नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क और इसको हम कहते हैं डाइवर्सीफाइबल रिस्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असमशन है जो इसने ली है अब ये समझें कि ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसस्टमेटिक रिस्क क्या होता है देखें जब आप किसी अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं ना जो कि कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है तो उसकी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि पी का जो सी था उसने रिज़ाइन कर दिया क्या इससे किसी और कंपनी को फ़र्क पड़ेगा जैसे पीएसओ को फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली बात है पीएसओ के सीईओ ने रिज़ाइन किया तो जो भी प्रॉब्लम आनी है पीएसओ के साथ आनी है इसका इम्पेक्ट अभी बैंक के ऊपर तो नहीं आना ना ऑब्वियसली बात है सही एक कंपनी का कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सही एक कंपनी का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ये, ये सारे रिस्क क्या हैं ये सारे रिस्क कहलाते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एक कंपनी का एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो गया एक कंपनी पे यू में बैन लगा दिया पी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो पी को नुकसान होगा ना डायरेक्टली किसी और कंपनी को तो डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा तो वो रिस्क जो किसी एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को हिट करते हैं ऑयल प्राइस ऑल टाइम हाई चली गई क्या बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली नुकसान होगा हम कहेंगे कि ऑल सेक्टर को डायरेक्टली नुकसान होगा और इनडायरेक्टली उसके साथ जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान होगा लेकिन बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली हट नहीं पड़ने वाली इनडायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्री को हिट पड़ सकती है तो या तो एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो उसको हम कहते हैं डायवर्सिफाइबल रिस्क ठीक है कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो डाइवर्सिफाइबल नहीं होते मसल फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का हाई होना इन्फ्लेशन का बढ़ जाना टैक्स रेट्स का बढ़ जाना एक्सचेंज रेट का डेप्रिशिएट हो जाना यह कौन सा रिस्क है ये वो रिस्क हैं जो सबके ऊपर अफेक्ट करते हैं किसी पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसी पे कम करते हैं लेकिन पूरी मार्केट को हिट कर रहे होते हैं और वो जो रिस्क मैंने बताया साइड में वो ये वो रिस्क है जो किसी कंपनी को हिट कर रहे होते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ने जब यह अजम्पन ली कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो की इम्प्लीकेशन क्या हुई पोर्टफोलियो बनाकर हमने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया हमारा जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा इससे हम क्या करने में कामयाब हो जाएंगे हम अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे कंप्लीटली डाइवर्सीफाई कर देंगे इलिमिनेट कर देंगे दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डाइवर्सिफाइबल रिस्क कैसे होगा भाई ये डाइवर्सिफाई कैसे खत्म होगा रिस्क तो अगर मेरे पास 25 डिफरेंट कंपनीज में कंपनी 25 कर लें 20 कर लें वोट एवर जो भी है अगर पैसा लगावा होगा तो एक तरफ पीएसओ को नुकसान हो रहा होगा एंग्रो को फायदा हो रहा होगा यूनिबर को फायदा हो रहा होगा के इलेक्ट्रिक नुकसान में जा रही होगी तो वो मिटीगेशन हो रही होगी ना नेट ऑफ हो रहा होगा और हमने कर लिया, क्या कर लिया कि जितना भी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा वह हंड्रेड नेट ऑफ होके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो बाकी कौन सा रिस्क बचा क्या सिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट की तमाम कंपनीज में भी पैसा लगा देना तो थियोरेटिकली आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता वो अपनी जगह मौजूद रहेगा हल्का बुल्का आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो अपनी जगह सिस्टमेटिक रिस्क एक पर्टिकुलर इकोनमी में एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में अपनी जगह मौजूद रहेगा आप पचास कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दें पिछहत्तर कंपनीज में पैसा लगाएँ एक सौ कंपनीज़ में पैसा लगाए तो कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल की अजम्पन को अगर लिया जाए तो इस एजम्पन की इंप्लिकेशन क्या होगी कि जो आपका बीटा फैक्टर है ये रिस्क को तो शो कर रहा है कौन से रिस्क को शो कर रहा है बीटा फैक्टर इज रिफ्लेक्टिंग ओनली विच टाइप ऑफ रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क बिकॉज अनसिस्टमेटिक कांगे टोटल रिस्क के तो दो कॉम्पोनेट्स है सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक तो अनसिस्टमेटिक कांगे तो इसने एजम्पन ले ली कर लिया कि हर इन्वेस्टर समझदार है पोर्टफोलियो बनाता है सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं बनाता डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करता है सो so, आइंदा जब भी हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन से कुछ ड्राइव करने जाएंगे तो उसके पीछे बिल्ट इन अजम्पन क्या है कि हम सिस्टमेटिक रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से हम उसके अनस्टमेटिक रिस्क कॉम्पोनेंट के अगेंस्ट रिटर्न डिमांड नहीं कर रहे यह अल्टीमेटली उस इक्वेशन के तीनों वेरिएबल्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग जी कोई सवाल है तो बोलें इस पॉइंट पे कोई सवाल है तो बोलें